वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एंड सबसे पहले हैप्पी होली तो फ्रेंड्स अभी होली स्टार्ट हो चुकी है होली खेलने जाने वाले हैं हम लोग बस अभी ये हाल है देख सकते हो आप मेरा थोड़ी देर बाद देखना क्या हाल हो जाएगा तो चलते हैं होली खेलना शुरू करते हैं ओके लेट्स गो आगे, आगे, आगे, तो होली चालू हो गई है आगे, आगे, आगे। आगे, ये हाल हो गया अब थोड़ी देर में ही बस थोड़ी देर और और पहचानने भी नहीं आएंगे अभी और कॉर्नर कॉटन जरूर डाल लेना सब लोग ताकि रंग ना जाए हम भी साथ में है ये हमारे नरेंद्र भाई पहचान में आ रहा है अभी सही भूत बना ये बना अरे तो चल गए यहाँ पे पैक वगैरह रहे हैं अपने so, नेक्स्ट जगह चलते हैं किया सर्च लोगों ने हवाओं से लगा रखी है आ जाए कोई शायद हमसे भी ज्यादा प्यासा बस यही सोचकर थोड़ी सी बचा रखी है हमारे भाई ओवर हो गए हैंग मार चुके ये ये देखिए हैं हैं में में ना मेरे <laughs> भी ये साइकिल ओए पीछे काम चलना हो। हाल हो चुके हैं बहुत बुरे सबके पीछे देख रहे हो आप हमारा अनु सबके हाल बुरे हो चुके हैं और अब जा रहे हैं हम बड़ा खेला होली खेलने सूखी सूखी होली बहुत खेली अब गिली गिली खेला है थोड़ी सी तो चलो सो फ्रेंड्स होली हो गई है पूरी अब थोड़ा होलिया सुधार लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं ओके लेट्स बाय सो फाइनल फ्रेंड्स होली पूरी हो चुकी है कम्प्लीट और रंग बंग उन्नीस पीस रह गया है ज़्यादा नहीं कोई नहीं धीरे धीरे छूट जाएगा सो आई होप आप लोगों को होली अच्छी लगी एंड वीडियो भी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी न्यू वीडियो जो आप मैं, मैंने रिसेंटली अपलोड की है आपको ऊपर दिखाई दे रही होगी साइड में इस पर क्लिक करें और सब लोगों को हैप्पी होली बाय